a oh. सादा प्रणाम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ नवरात्रि 107 तो तारीख से लेके 14 तारीख तक चल रहा है और 15 को मूर्ति विसर्जन है प्रत्येक दिन हमने कुछ न कुछ रंगारंग कार्यक्रम भगवान की माता रानी की भक्ति में प्रस्तुत किए हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में गगन राठौर की जो कि एक कंपोजर एंड सिंगर हैं बाय प्रोफेशन वो हमारे बीच में हैं बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं एक इनकी के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग किसी पहचान का मोहताज नहीं है हमारे सुप्रसिद्ध गुरु श्री श्री रवि शंकर जी का एक अपना स्थापना है ये आर्ट ऑफ लिविंग जिसमें स्पिरिचुअल प्रोग्राम उनके द्वारा दी गई सारी मेडिसिन वगैरह इनके बारे में सब कुछ उनके आश्रम में जैसा कि सभी लोग परिचित हैं होता आया है गगन राठौर और श्री गगन राठौर और उनकी टीम द्वारा आज जो प्रस्तुति है ये संगीत में रॉक स्टार स्टार्ट है भगवान के भजन की माता रानी के भजन की और इस भजन संध्या का भरपूर आनंद लेते हुए आप लोग महाप्रसाद भी ग्रहण करें और साथ में आप लोगों से निवेदन है कि शांति पूर्वक बैठकर इस भजन संध्या का आनंद लें धन्यवाद चेक, चेक, चेक। चेक, चेक। चेक चेक पीछे तक मेरी आवाज जा रही है कैन मी कैम घर में आप पीछे सुन पा रहे हैं मुझे हेलो थैंक यू सो मच जितने भी लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं थोड़ा सा यहाँ पर अपनी चेज को आगे भी ला सकते हैं इधर बैठ सकते हैं और uh, हाँ प्लीज कम कम अगर भोजन हो गया हो तो भजन भी कर लेते हैं थोड़ी देर क्योंकि डेली हम भोजन तो करते ही हैं भजन करने का मौका बहुत कम मिलता है तो अगर प्रबंधकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए भोजन आप थोड़ा बाद में करवा दें बाद में आप भोजन खोल दीजिएगा भंडारा माता का तो बहुत अच्छा है नहीं तो फिर ऐसे ओंकार का नाद करते हैं सभी लोग आंखें बंद कर लें प्लीज क्लोज क्लोज आइसक्लोज आइसक्लोस एम अगली बार श्वास छोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि करेंगे ओंकार के लिए श्वास भरे o mm -hmm. बजाते हुए साथ में मिलकर गाइएगा कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को याद करते हैं प्रथम पूछनीय है भगवान गणेश और ताली बजाते हुए मेरे साथ गाइएगा गणपति बाप एक सर विपुल जी आप थोड़ा बच्चों की ड्यूटी ले लेंगे हमको संभाल लेंगे थैंक यू सो मच देखो हम लोग मूवी देखने जाते हैं आप लोग सब कितने लोग मूवी देखना चाहते हैं मैं तो बहुत देखता हूं कितने लोग देखते हैं मूवी थिएटर में जाते हैं टीवी में हाथ खड़ा करो भाई सब जाते हैं मुझे पता है तो हम जब मूवी देखते हैं ना हंड्रेड तो परसेंट देते हैं देते के नहीं ये सो नो पंजाबियों थोड़ा जोर से सुनाई देता है yes no? yes. ना तो हम इरिटेट से है। सीन आ गया और इसका कॉल आ गया या आस पास कोई बच्चा भी चू चा या कुछ करने लग जाता है तब भी हम क्या हो जाते हैं डिस्टर्ब तो अभी क्या करना है आपको एक तो आपको अपना फोन है ना जो योर बेस्ट फ्रेंड लॉकडाउन में दो साल इसने इतना साथ दिया है रिसर्च भी हुआ है कि अभी इंसान इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग गया है तो क्योंकि इसी ने तो बहुत साथ दिया आपका उसको साइलेंट कर ले प्लीज हंड्रेड परसेंट दीजिएगा और जो लोग पीछे खड़े हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग आगे आ जाएं और जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए अपनी चेयरपर्सन चेयरमैन अपनी कुर्सियां लेकर सब लोग आगे आ जाइए आ जाइए थोड़ा 10 से 20 ग्राम जल्दी से ओम शांति आप जी आ जाइए थोड़ा चेयर आगे ले आइए कुर्सी को आगे आगे ले आइए आंखें बंद करते हैं आप बैठ जाइए सर आंखें बंद करते हुए हम अपने माता पिता को याद करते हैं माता पिता को याद कर लें जिनको भी आप गुरु मानते हैं भगवान मानते हैं उनको याद कर लें उनका आशीर्वाद महसूस करें हमारे आसपास इस वक्त जितनी भी पवित्र शक्तियां हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं मन ही मन हम उनको भी नमस्कार करते हैं और उनका स्वागत करते हैं चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान बना लें, धीरे से आंखें खोलिए, कुछ ज्यादा मत बोलिएगा बस अपने आसपास वाले का स्वागत करिएगा नमस्ते सस्काल जो भी आप बोलना चाहते हैं जय माता दी लेफ्ट टू राइट आगे और पीछे जो भी आपके बैठे हैं, उनको आप स्वागत करें अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है पीछे वाले सुन रहे हैं लेफ्ट टू राइट वाले को नमस्ते उनको जय माता की आपको विश करना है ऐसा क्यों बोला कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई क्या पता किस भेस में तो है नारायण मिल जाए शिव भोलेनाथ शिव के ऊपर से छोटी एक ही मात्रा हटा दे तो क्या बचता है क्या बचता है शव तो अगर शिव के साथ शक्ति नहीं है तो हम क्या हैं? शव हैं। तो देवी का साथ में होना बहुत जरूरी है तो ताली बजाते हो मेरे साथ बताइए ओम नम शिवा ओम नम शिवा ओम नम शिवा ओम नम शिवा Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Wonderful. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. जो लोग सत्संग में जो लोग सत्संग में बातें करते हैं और फोन यूज करते हैं उनका फोन तीन दिन के लिए हेंग हो जाता है देखो तो बातें तो करते रहते हैं ना हम लोग आया ना हम फिल्मी गाने भी सुनते हैं hangama.com, YouTube ये सब ऑन करते हैं लेकिन सत्संग में हमें बहुत कम बैठने का मौका मिलता है ये सुनो जिनको हम चुनते हैं उसको हम संसद में भेजते हैं जिसको हम चुनते हैं उसको हम संसद में भेजते हैं और भगवान जिनको चुनते हैं वो उसको सत्संग में भेजते हैं अपने लिए ताल इतनी बड़ी सोसाइटी है उसमें देखिए आप लोग बड़े सेक्टर से लोग भेजे हैं माता रानी ने बुलाए हैं अपने सेक्टर से भक्त कि मेरा आगे गुणगान करो मेरे भक्तों अच्छा आप सब क्या है माँ के बच्चे है ना तो अच्छा बड़े भक्त मैं भी माँ का बच्चा हूँ वैसे आप भी माँ के बच्चे हैं तो माँ के बच्चे क्या करते हैं मिलकर आपके बच्चे आपका गुणगान कहाँ करते होंगे वो तो बेचारा रोता होगा तो आप उसको वो जिंगल बेल्ट खोल के दे देते होंगे फोन पे बच्चे रोटी खाएगा कहीं खाना नहीं खाता ना जब तक तो इसको फोन ना दू कमजोर बना रहे हो आप उनको पता है वीक बन जाता है इसे कहां फिर भगत सिंह को ढूंढोगे आप कहां मिलेंगे वो लोगों के पास अपना-अपना है, अपने अपनी गाड़ी है सबके पास सम्मान सब दिया है। सत्संग का मतलब सब मान कर दिया कीर्तन, कीर्तन, मतलब कीर्तन, कीर्तन संस्कृत में बोलते हैं कीर का मतलब है सेल्फ और तन माने बॉडी की तन बॉडी एक हो जाए तो ही बनता है क्या बनता है कीर्तन नहीं तो यहाँ जोर जोर से ढोल तपला ये सब पीटो और आपका मन आपके इंस्टाग्राम पे है घर पे है किचन में है ऑफिस में है कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और यहाँ आकर बैठे हैं तो वो सत्संग या कीर्तन नहीं बनता तो यहाँ पर हंड्रेड परसेंट आपको देना है क्या देना है आपको एक शक्ति के साथ जुड़ना है जो शक्ति इस दुनिया को चला रही है उस शक्ति के साथ जुड़ना है महामाया माया जगदम्बा हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है कि नहीं हा या ना ऐसे नो हम बजा रहे हैं गा रहे हैं तो हमें शक्ति की जरूरत पड़ रही है तो जो गोहिंतर स्तर में हमारे भीतर एक शक्ति समाई हुई है जो हमें कुछ समय के लिए इस जगत की माया से दूर ले जाती है उसे हम कहते हैं महा जगदम्बा क्या कहते हैं महा जगदम्बा इस माया से यूपी वाली मायावती नहीं ये माया जो आसपास आपके आसपास है जैसे पंडाल लगा हुआ है पूरी छोले चल रहे हैं दही बल्ले चल रहे हैं माया में हम ऐसे है ना तो ये माया से हमें दूर ले जाती है थोड़ी देर ध्यान में करवाती है मेरे साथ बोलिएगा, जो जो आपने पाया वो माँ का ध्यान करते हुए आज माँ को सब बताना है आपको लेकिन ताली कोई भी लॉक खोलना होता है तो हमें की की जरूरत पड़ती है चाबी की वैसे सत्संग में अपने मन को यहाँ रखने के लिए हमें ताली की जरूरत पड़ती है सत्संग में तीन काम जरूर करिएगा एक तो साथ में गाइएगा साथ में ताली बजाइएगा और मुस्कुराइएगा क्या मुस्कुराइएगा हमें माता का स्वरूप भी मुस्कुराता हुआ चाहिए हमें ठाकुर जी की भी मुस्कुराते हुए चाहिए, लेकिन हम जब उनका गुणगान करते हैं तो ऐसे पंकज उर्मा जी, जी मतलब शर्माना नहीं है ना कभी हम दुख में शर्माते हैं ना कभी हम सुख में शर्माते हैं लेकिन अक्सर हम सत्संग करने में शर्माते हैं तो सब लोग मेरे साथ मिलकर मैंने सब कुछ पाया गाती दर्शन पाणा बाकी मैंने सब कुछ पाया गाती दर्शन पौड़ा बाकी मास्क वाले आंटे आप ऐसे नहीं बैठना सत्संग में आए तो ताली ये मिला मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पौड़ा तेरा, है। yeah. तेरा सब कुछ रा तेरा दर्शन तेरा दर्शन मेरे घर में मेरे में, मेरे में, मेरे घर में कोई नहीं एक <Speech XLan faans music> <mão>, और समारे दौड़ी दौड़ी आई मां राजा जन आवा समारे दौड़ी दौड़ी आई मां शुभम अलवा समारे दौड़ी दौड़ी आई मां लिंग कोड यस ऑर नो पीछे वाले यस ऑर नो अच्छा पी, पीछे वाले मतलब आप जो चेयर पर बैठे हुए हैं आप सबको बैक पेनचर्स आप सबको आपको आवाज आ रही है पीछे कैन यू हियर मी यस ऑर नो थैंक यू सो मच आओ मां जी फडा मंदिर सजा रहे दिस इज सिंग बाय नरेंद्र चंचल नरेंद्र चंचल एंड बंसीलाल जी कह रहे हैं कि आओ माँ आपका मंदिर सजाया है मंदिर सजाकर आपको घर में बुलाया है ये पुर तो बहुत पुराना होगा की गिराए हो गए सच्चे मन से a करते देखो। हैं ताली बजाइए हमारे यहाँ कोई फ्री नहीं है परिकल्पना oh सारी मेरे सामने बैठी, वो लग ही रहते थे रात बस एक मुस्कान दे दो आप सब वो जो पीछे भैया बैठे ना माता जी के पीछे वो इधर जो फोन में लगा के कुछ सुन रहे हैं, आपकी आंखें और आपके कान इधर होने चाहिए अगर आपको व्हाट्सएप कॉल सुनना है या कोई मीटिंग आ गया तो पीछे जाकर सुनिएगा <laughs> अच्छा देखिए सत्संग की मर्यादा किसको बनानी है हमें बनानी है ना नी सत्संग की थोड़ी सी मर्यादा बना के रखिए हम अपनी संस्कृति को अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न वाले उसको अपनाते जा रहे हैं मेरे फ्रेंड हैं कृष्णा दास देवा प्रमल गायत्री और भी बहुत सारे विजय वो सब लोग आते हैं इतना भाव से गाते हैं दिल से गाते हैं लेकिन हम लोग जब सत्संग में सुनते हैं ना अच्छा हम सत्संग है हमारे घर पे तो हमें सत्संग में जाना है वो तो बूढ़े लोगों का काम है हम वहां पर क्या करेंगे ऐसा नहीं जैसा आप आज करेंगे वैसा आपके आने वाली जनरेशन करेगी आपके बच्चे करेंगे वैसा तो जैसा आप मस्ती में मस्त होकर गाओगे वैसा आपके बच्चे मिलकर गाएंगे ये चलता रहता ऐसे ये चलता रहता है कितने लोग वैष्णो देवी जी गए हैं अच्छा और कितने लोग नहीं गए कितने लोग नहीं गए अच्छा और कितने लोग जाना चाहते हैं? अभी मैं बोलू ना देखो कितने बीस लोगों ने हाथ खड़ा किया अभी मैं बोलूँ ना कपिल भैया बाहर खड़े होकर गोल्ड का कॉइन देंगे सबको तो हाथ खड़ा करो सब लोग हाथ खड़ा करेंगे कि किस चाहिए है ना कितने लोग जाना चाहते हैं माँ के दरबार वैष्णो देवी कितने लोग जाना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर खड़े करिएगा ईमानदारी से श्रद्धा और भावना से तो जैसे भैया तबला को ट्यूनिंग कर रहे हैं वैसे हम मंत्रों से भजन से अपने आप को ट्यून करते हैं क्योंकि तो हमारा जो मन है ना वो बिखर जाता है या तो उसको ध्यान से सेट करना पड़ता है या भजनों से सब लोग ऐसे करिए ऐसे बनाए सब लोग दिल के पास ले आए और बोले मन बोले मेरे साथ मंत्र मंत्र जो मन को तार दे उसको कहते हैं क्या कहते हैं मंत्र तो कहते हैं जहाँ पर सत्संग होता है ना वहाँ पर राम का नाम लिया जाता है वहाँ कौन आते हैं हनुमान जी और नारद मुनि जी भी आते हैं कौन आते हैं तो आप कोई भी विश लेकर बैठे होंगे ना यहाँ पर छोटी सी विश्व मांग मांगना मुंबई में सीलिंग के पास बड़ा सा फ्लैट होना चाहिए और तीन चार ऑडि होनी चाहिए ऐसी विश रखना नारद मुनि जी हनुमान जी आपको बल देंगे बुद्धि देंगे और नारद मुनि जी आपकी विश है वो ईमेल के जैसे ऊपर लिख जाएंगे नाम मेरे साथ बोलिए नाम रद्द जिसकी विष्णु भी बात रद्द नहीं कर सकते वो है और रबी, मुझे रवि बोला उदासी के साथ दुदे दुदे मां कह रही है, इतना मैं नहीं बजाते के साथ दोनों हाथ ऊपर करके अच्छा जो तो कुर्सी बैठे होते न, हैं ना हम लोग डेली सत्संग करते अभी मैं ऋषिकेश से आ रहा हूं। जो चेयर पे बैठे होते हैं उनको स्पेशल बोलना पड़ता है तो दोनों हाथ ऊपर हाथों पर नहीं हालांकि राज हो गया ना कोई अमीर ना कोई गरीब ना कोई छोटी जात ना कोई बड़ी जात और यह बजट सालों पहले कह गया क्या कहता है सिटी नहीं बजाना नो no, सिटी नहीं यहाँ पर ऑडिटोरियम में कोई यूथ बस नहीं हो रहा माता का गुणगान हो रहा तो please, मत बजाना है तो हमारे पंजाब में बजाते हैं कॉलेज के को बता रहे सब लोग बैठ जाइए बैठे गाँव दीद? आप भी खड़े गांव वालों झोंका हवा का आज भी झुल पे हिला होगा ना एक गजल है ना निरंजी की तो इतनी सुंदर हवा आ रही है ऐसे लगता है जैसे माँ की दरबार से ठंडी हवा आती है ना नैना देवी चिमकोर में जाता है यू नो पंजाब तो वहां पर चिंतपूर्णी माता जी हैं नैना देवी जी हैं ज्वाला जी हैं और हमारे पड़ोस में हैं जम्मू कश्मीर कटरा जी वहाँ वैष्णो देवी जी हैं तो ऐसा देखो इस घर पे बांधा हुआ माँ ऐसे ही लग रहा जैसे दरबार में बैठे हुए हैं पूरा एकदम प्रॉपर पूरी श्रद्धा और भावना के साथ ऐसे ही बैठ रहे सबको फिंगर पकड़ेगा और मुझे खड़ा करेगा अगर आपको नृत्य करने का मन है तो सच्चे मन से अपने आप खड़े हो जाइए। पीछे वाले भी आगे वाले पीछे वाले सब लोग खड़े हो जाइए yes. आपको कह रहा सब लोग। चेयरमैन चेयरपर्सन चेयरवुमैन चेयरपर्सन भी yes. आगे आ जाइए यहाँ तक आगे आ जाइए तो देवी शक्ति ज़्यादा पावरफुल हो हो रही है, देवी गया गया गया गया है भारी पड़ तो आगे आप ही, शर्मा क्यों रहे हैं? पता भोलेनाथ है? और पार्वती पार्वती साथ में एक जी नाराज गए कहती कि सर के ऊपर को गंगा को दिखा के रखते हो मैं भोलेनाथ तो जी ऐसे कहा और और होती होती है, है होती है कि होती नहीं? है ना? होती है ना। होती है। तो वो ही देवी है हम है हम देवी हमारे अंदर? हम हम सुनने में कितना लगता? कमली मतलब कमला मतलब दुनियादारी के लिए और कमली उसके लिए है एक ही मर्द है इस दुनिया में इस संसार को जो चला रहा है बाकी हम क्या है? हैं है सब आत्माएं मस्त मौला एक ही है वो चलाने वाले निरंकार परमेश्वर कोई भी नाम दे दो शिव दे दो नानक दे दो अल्लाह जिस कुछ भी देना है दोस्त तो भी बोल सकते उसको और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करिए हाय हाय इतने महंगे फोन <laughs> अभी बोला था कि थोड़ी देर माया को छोड़ दो तो, ये फोन यहां रख दो अपने अपने अपनी और ऐसे करिए जरा सब लोग आपके हाथ में है क्या है? जो लोग पीछे कुर्सी पर बैठे हैं ना सीनियर सिटीजन बनकर भैया हम तो खड़े नहीं हो पाएंगे हमारे तो घुटनों में बड़ा दर्द है ऐसा नहीं है माता की मेहर यहाँ पर बरसात हो रही है कृपा की बरसात और ये साधन का दावा है अगर यहाँ पर आप नृत्य करेंगे तो जो भी बॉडी में स्ट्रेस होगा ना इतने सालों का स्ट्रेस आपने बनाकर रखा वो सब निकलेगा लेकिन आपको 100 परसेंट देना पड़ेगा आप हर रात हर डीजे पे जाते हैं शादी पे जाते हैं तो वहां पर मुन्नी को बदनाम करते हो ठीक है और आकर फिर बैठ जाते हो मेरी कमर में दर्द दो तीन दिन तक दर्द, दर्द रहता है कपिल भैया लेकिन यहाँ पर अगर आप नृत्य करेंगे माँ के दरबार में ऐसी आपकी चेतना जागरण होगा एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी चार पांच दिन आप एक अलग स्टेट में रहेंगे हर यू रेडो पीछे वाले हर यू रेडो रावण को नहीं बैठने देना, आगे आ आगे आ आ जाइए जल्दी से, उत्सव मनाने का, तो तो का बाहर गिरती है और ये उनके ऊपर गिर जाती है जो नाचने वाले को देखता है तो ऐसा नहीं हमें किसी का लेकर जाना sa yeah. करना हैं कुछ बात नहीं अभी हम एक ध्यान करते आंखें आंखें आंखें बंद बंद बंद करेंगे आप देख लेने क्या कर दो मिनट आंखें बंद करके रखी भगवान कहते हैं कि कभी कभी आंखें बंद करके बैठना बार बार हमें संसार की ओर लेकर जाता है तो कुछ समय के लिए आंखें बंद करके मां भगवती का दान करते हैं पीछे, पीछे वाले भी फोटो तो में जो लोग पीछे बातें कर रहे हैं उनको जरा बोलिए मेरे राइट में कुछ लोग बातें कर रहे हैं उनको बोलिए ज्यादा कुछ करने के लिए आंखें बन करके बैठ जाइए माँ के दरबार में आए हैं तो माँ का करना बहुत जरूरी है बच्चों को एक कपिल भैया कफिल बच्चों ने दीजिए उनको साथीज की हड्डी को हद सीधा करते हैं अपने की ओर नहीं अप्रे दुखने के आकाशीय सभी आवाजों को हम ध्यान से सुनते हैं स्वीकार करते हैं ठीक रहते हैं जैसी जल में मछली रहती है वैसे वायुमंडल में हम रहते हैं मुस्कुराते हुए एक और लंबी गहरी सुहास है उसके आते हुए खाली कर दो मन को पढ़ने दे मन जहाँ भी जा रहा है दस साल बीस साल पीछे बीस साल आगे इसको जाना है पास में पूछे में जहाँ भी मन जा रहा है इसको जाना है आपको जितना भी वेट है साठ किलो सत्तर किलो अस्सी किलो ये तो सब ऐसा महसूस करना कि आप मां भगवती की गोद में बैठे हैं माँ वैष्णो के दरबार जहां कूसे में कस्तूरी की कुर्सी पैर हुई है ठंडी हवा का झोंका जिसमें प्रेम आनंद और शांति है वो आपके कान को छीका हुआ आपको आशीर्वाद देता जा रहा है इसको महसूस करें ठंडी हवा का झोंका जिसमें माँ का प्यार और आशीर्वाद है इसको महसूस करें माँ भगवती के चरण कमल उनका ध्यान करते हैं मन में कोई भी हो, स्ट्रेस हो, सब उनको करते हैं मन को खाली करते हैं मन में जो भी विचार आ रहे हो कुछ अच्छे विचार कुछ बुरे विचार कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें बार बार मन में आ रही हैं उनको आने दे ना रोके ना तो कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें केवल ज्ञान है मान की चरण है शर्म कमल तो चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान रखना है करते हैं लंबी गाड़ी सांस है जो कि बीच रहते हैं